तो हेलो गाइज वेलकम बैक अगेन माई न्यू वीडियो सो गाइज़ हम विश्वास भैया जा रहे हैं प्रयागराज के जो संगम में लेते हुए हनुमान मंदिर है गंगा जी साइड वहां हम विश्वास भाई जा रहे हैं हम यहां खड़े विश्वास अपने तो वहां अपना थोड़ा कैमरा शूट कर रहे हैं तो हम विश्वास भाई जाने वाले हैं सो चलते हैं बताते हैं हनुमान मंदिर आ गए हैं इधर से प्रवेश द्वार है उधर से आने का द्वार है इधर से चल रहे हैं उधर साइड अकबर किला भी है गाइज हनुमान हनुमान मंदिर हनुमान मंदिर में दर्शन कर रहे हैं यहाँ से एंट्री होगी सो हम लोग रहे हैं अब यहाँ से हम मिठाई विठाई लेते हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए उधर से एंट्री हमारी हम लोग एंट्री कर रहे प्रवेश द्वार ये है हमारा जो जय बजरंग बली की जय जय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 हमारे हनुमान मंदिर हमारे हनुमान जी थे वो हनुमान मंदिर प्रसिद्ध प्रयागराज के हो गया हनुमान जी ने अब हम लोग आगे बढ़ गए एक और हनुमान जी के बगल में एक जस्ट मंदिर वहाँ तो भी हम लोग चल रहे हैं और हनुमान जी के मंदिर दिखा देता हूँ